नमस्ते डीके हेल्पिंग एवरीवन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक 2020 में जो भी बालक बालिकाएं उत्तीर्ण हुई थी पास हुई थी उनका पैसा सरकार द्वारा भेजना शुरू हो गया है तो कैसे हम ऑनलाइन चेक करेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसा गया है या नहीं गया है पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है हमारे स्कूल का जो स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है हम कैसे जानेंगे ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इसे जो भी संबंधित सूचना और वीडियो आप तक सीधे पहुंचे उसका नोटिफिकेशन क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन कर लेंगे क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर हम गूगल के सर्च बार पर लिखेंगे ई कल्याण यानी इकल्यान से ये कल्याण पोर्टल से ही ये सभी जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं देख सकते हैं ये कल्याण मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना दो बीस के लिए आवेदन इस लिंक पर भी हम क्लिक करेंगे माध्यमिक प्लस टू के लिए है तो यहाँ ले पर लेकर के चला मुख्यमंत्री बालक बालिका तेंथ वास प्रोत्साहन योजना यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये सभी यहाँ देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर अपडेटिंग स्टूडेंट्स बैंक डिटेल्स पास्ट इन ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी यानी गाइडलाइंस दी गई हैं जो भी विद्यार्थी पास किए थे 2020 में उनके यहाँ देख सकते हैं बिफोर फिलिंग ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड है, है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ये बता रहा है कौन से कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फिलिंग द अपलिकेशन फॉर्म विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सिक्वेंस इस्टेप्स यानी कैसे किस स्टेप्स में form fill fill up होगा किसी तकनीकी समस्या के लिए यहाँ पर email मेल कर सकते हैं फॉर payment related issue kindly contact to department डिपार्टमेंट तो यहाँ से apply, click here to view application status आपके account का status क्या दिखा रहा है तो यहाँ से हम जान सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले अपना अकाउंट स्टेटस हम चेक कर सकते हैं तो यहाँ अपना जो भी मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वह यहाँ पे हम टाइप करेंगे मेरा पॉलिस ही यहाँ पे सर्च किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा देख सकते हैं स्कूल क्या है नेम क्या है फादर्स का नाम क्या है फाइनलाइज हो गया है पीएफएमएस एफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑन पी, पी यानी जो सरकार द्वारा बीती लेन देन के लिए पोर्टल बनाई गई है वहाँ रजिस्टर्ड हो गया है अकाउंट स्टेटस दिखा रहा है वेरीफाइड है रेडी फॉर पेमेंट पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है कि रेडी है भेजने के लिए यानी भेजा अभी नहीं गया है तो इससे एडवांस यदि हम जानना चाहते हैं स्कूल का क्या स्टेटस है तो वो भी हम जज चेक कर सकते हैं तो हम बैक आएँगे बैक आएँगे तो यहाँ दिखा रहा है डिस्टिक वाइज टोटल समरी और लिस्ट और यहाँ से कैटेगरी वाइज टोटल समरी लिस्ट हम देख सकते हैं कि किस किस जाति के कितने कितने स्टूडेंट देख सकते हैं BC, BC, EBC, female, है, है है, बीसी बीसी ईबीसी फीमेल टोटल कितने हैं टोटल स्टूडेंट हैं उनसठ हज़ार तीन सौ चौरानबे बी के माइनॉरिटी नौ सौ बानवे हैं टोटल अकाउंट अपडेटेड इतना हुआ है रिमेनिंग अकाउंट टू भी अपडेट अपडेटेड बत्तीस इतना अपडेटिंग कर रहे हैं डिटेल्स पूरे बिहार का हम देख सकते हैं यानी बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन कैटेगरी वाइज कास्ट वाइज यहाँ से हम देख सकते हैं और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल समरी लिस्ट हम जान सकते हैं तो अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करके हम डेस्कटॉप साइट पे डेस्कटॉप साइट मोड पे ले लेंगे अपना और पढ़ने में सुविधा होगी तो यहाँ देख सकते हैं अपना टोटल ये ज़िले का जो भी लिस्ट है ये आ गया है यहाँ पे यहां देख सकते हैं तो अपना जो भी जिला होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ देख सकते हैं ये आ गया है और यहां से अपना स्कूल चेंज करने के लिए यानी कौन सा आपका स्कूल है यहाँ से फाइंड हम करेंगे फाइंड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइंड इन पेज यानी मोबाइल से आप कर रहे हैं तो फाइंड इन पेज लिखा होगा और तो यहाँ पे हम अपना स्कूल टाइप करेंगे जो भी स्कूल होगा वो हम टाइप करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ये लिस्ट निकल के आ जाएगा तो यहाँ हम अपना स्कूल चैन कर लेंगे जो भी स्कूल यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये दिखा रहा है 125 अपडेटेड किए गए हैं दो रिमेनिंग है अपडेट करने के लिए किसी प्रकार की उसमें त्रुटि होगी और यहाँ पे दे रहा है नौ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके खाते में राशि भेजी गई है और यूटीआर टी अभी जनरेट नहीं किया गया यानी यूटीआर जब जनरेट हो जाएगा तब तो अकाउंट में पैसे चले जाते हैं हो सकता है एक सप्ताह के अंदर में उनके खाते में पैसा पहुंच जाए तो हम ये जिनका जिनका यहां से हम देखेंगे लिस्ट क्या है जिनका अकाउंट अपडेटेड किया गया है वो लिस्ट हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं सभी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अकाउंट अपडेटेड किया गया है यानी इनका जो भेजी गई सूची है लिस्ट है पेमेंट का उसमें नाम इनका नहीं होगा क्योंकि इनका अकाउंट अपडेटेड किया गया है तो ये सभी विद्यार्थी हैं यहां से हम देख सकते हैं अपना जो भी नाम होगा तो ऐसे हम पता कर सकते हैं और उसके बाद रिमेनिंग अकाउंट फिर से फाइंड इन पेज हम करेंगे यहाँ से कुछ दिक्कतें आई हैं यहाँ से हम टोटल अपना टाइप करेंगे अपना जो भी नाम है वो अच्छे से हम टाइप करेंगे नहीं तो नहीं दिखाएगा सर्वर में यहाँ से अच्छे से हम टाइप करेंगे यहाँ देख सकते हैं आ गया तो ये दो दिखा रहा है कि अपडेटेड करना अभी बाकी है धन्यवाद